B-Gang Come back is back Double H M Gang Nope 2021 Album mode on Her huh? power in the B Come back is back 8 number track रैपर सारे असली कोई नहीं एक एक सही होते मेरे फैक, पहले रास्ता था गलत फिर चुना सही ट्रैक बैक टू बैक आ रहे मेरे सॉन्ग देखता हूँ वीक पर अंदर से स्ट्रॉन्ग बातें मेरी इन सबको लगती है रोंग इस जंगल में बेटे में बना के कॉन्ग पानी डालो कमेंट में आगे लगी आने में ओल्ड स्कूल जाने अनजाने में मुझसे गलती लाल डाय में नाम लिखा मेरा थाने में कतल करू बीट पाया करू 307 मेरे चाहने वाले हमेशा खड़े हैं 360 तेरी झल्लर जलाऊं या बल 300 वाट वाठ एबीडी बन कर मैं मारू 360 कभी करूँ फ्लाई कभी करू टेक ओवर टेक सारे करो में ओवर हिप हॉप वाले सारे खड़े एक होकर मैं छह छे तू डाल एक ओवर शेर अपन शेर जैसे बब्बर में टोनी जैसे जैसे काकर है मत पढ़ना चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में जिंदगी हंसोले तो पीड़ी गबर है नाम के है शेर अपन शेर जैसे बब्बर मैं टोनी जैसे स्टार ये टोनी जैसे का कर मत पढ़ना चक्कर में कोई नहीं है टकर टक में जिंदगी यू एंडमी तू खास नहीं मेरी है तू एनी सारे हिटरों को मैंने दे डाला फक मेहनत करी मैंने खुद का लेके आया फ्त ये समय बहुत कीमती पी डी डोंट स्टॉप मेरी एक्स को मैं बोलू बिच प्लीज डोंट स्टॉप गब Back, मतलब वापस होने वाला गायब हो गया मैं लापता करता मैं ग्राइंडेली पैसे में छापता बारह घंटे का सफर मैंने पार किया रास्ता इंदौर में डिनर ग्वालियर में नाश्ता धोखा दिया मुझे उसने जो मैं मेरा खास था ये एल्बम नहीं ये मेरी जिंदगी के दसता बेबी एम बैक माय एल्बम जितने भी गाने लिखे मैंने एल्बम बेबी एम बैक गप्पर एलबम बैक करो मेरा वेलकम एक नंबर ट्रैक, रैपर सारे असली, कोई नहीं फैक्ट एक सो एक टका सही होते मेरे फैक्ट पहले रास्ता था गलत फिर चुना सही ट्रैक